फ्री फायर के तीन ऐसे गन जो पहले बहुत ज़्यादा यूज हुआ करता था लेकिन अभी उसका यूज ना के बराबर है नंबर थ्री में जो गन निकल के आता है वो है स्कार स्कार अभी भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल गन है लेकिन लॉन्ग रेंज पे इसका डैमेज कम होने की वजह से अभी बंदे उतना ज़्यादा स्कार यूज नहीं करता है नंबर दो पर जो गन निकल के आता है वो है एक्सेमेट एक्सेमेट पहले बहुत ही बढ़िया गन था लेकिन एक ओबी अपडेट के दौरान इसका पावर घटा दिया गया इसका रेंज और डैमेज घटा दिया इस वजह से ये गन भी अभी उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा और नंबर वन पे हमारा जो गन निकलता था वो है फार्म मैं नॉर्मल फार्म की बात कर रहा हूँ फार्मास की नहीं अभी फार्मास की पावर घटा दिया गया और फार्मास काफ़ी ज़्यादा ओपी है इस वजह से फार्मास को भी लोग काफ़ी कम यूज करते थे आप किसी भी पुराने प्लेयर को पूछ लेना वो पहले फार्मास चलाता था लॉन्ग रेंज पर आई होप आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत